जो जिसमों से मोहब्बत करते हैं क्योंकि रूह से मोहब्बत करने वालों को अक्सर तड़पते ही देखा है आज पर छाई से पूछ ही लिया क्यों चलती हो मेरे साथ उसने भी हंस के कहा दूसरा और कौन है तेरे साथ चलो हम गलत थे ये मान लेते हैं अः जिंदगी पर एक बात बता क्या वो शख्स सही था जो बदल गया इतना करीब आने के बाद